नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका गोसाल मखी चैनल पर कैसे हो आप लोग आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे ये शॉर्ट वीडियो है जिसमें कार 98 का यूज़ ज़्यादा किया गया है आखिरी में देखिएगा कितना मज़ा आने वाला है आप लोग बस पूरा वीडियो देखते रहना इतना ज़्यादा खतरनाक क्लच कभी आप लोगों ने देखा नहीं होगा जितना इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा समझ ही नहीं पाओगे कि कौन किसका टीम है क्या है लेकिन सब लेकिन मैं सबको मार दूँगा कोई नहीं बचेगा और आखिर में आप गॉड भाई की आवाज़ भी सुनने को पाओ जाओगे इतना ज़्यादा रोते हैं मुझे मत तुरंत ही घुटनों पर आ जाएंगे फिर बहुत ज़्यादा ही रोएंगे कि हमें जल्दी से हाथ लगाओ हाथ लगाओ लेकिन ये सब आपको जब पूरा वीडियो देखोगे तभी पता चल पाएगा अब देखिए यहाँ पर यहीं पर ये यह सब जो कांड है होने वाला है आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा पता चलेगा कितना ख़तरनाक कांड है कितना ख़तरनाक स्टेंट यहाँ पर होने वाला है देखिए मैं बमबाजी करने जा रहा था कि मेरे पढ़ने लगती है तो मैं तुरंत ही कवर में चला जाता हूं और देखिए आप देखिए छत पर कितने लोग हैं कौन किसका टीम मेट है कोई नहीं जान सकता है कौन कित किस का है अब देखिएगा यहीं पर सारा कांड होने वाला है देखिए देखिए इसमें कौन किसका है? हम नहीं जान पा रहे हैं बस गोलियाँ चल रही हैं और कुछ नहीं और सब लोग जो है नाक भी हो चुके हैं कौन बचा है कौन नहीं बचा है पता नहीं चल पा रहा है अभी देखो गोट भाई बोलेंगे तभी हम जान पाएंगे कि वो भी नाप हो चुके हैं भाई मारो तो यार। यार। मेरे हाथ लगाओ ये रही गाड़ भाई की आवाज आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में